आप सभी को मेरा प्रणाम आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मित्रों आज हम डायबिटीज़ की चर्चा करेंगे और डायबिटीज़ को दूर करने के लिए डायबिटीज़ को रेमेडिएट करने के लिए एक महान औषधियट्री की बात करेंगे इसको आप विजय कहते हैं और हमारे देश में साथियों करीब 12 करोड़ लोग डायबिटीज़ से प्रभावित हैं और हर एज ग्रुप के व्यक्ति डायबिटीज़ से परेशान हैं इसका कारण बाई बर्थ भी हो सकता है और हमारे बदलते हुए लाइफस्टाइल के कारण भी हो सकता है या फिर एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट के स्वरूप होने वाली बीमारियों और कंप्रोमाइजिंग अवस्था में लीवर के जाने के कारण भी ऐसा हो जाता है पैनक्रियाज़ पे पड़ने वाले दुष्प्रभाव और उनसे जनित डायबिटीज बहुत कॉमन समस्या है आज उसकी चर्चा करेंगे साथियों ये जो आप ट्री देख रहे हैं ये विजय का प्लांट है टीरोकार्पस मारशुपियम विजयसार का ये ट्री है फेबेसिकल का ये प्लांट है इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे साथियों टीरोकार्पस मारशुपियम को विजयसार कहते हैं और टीरोकार्पस सेंटालिनस को हम लाल चंदन कहते हैं ये सेवन लीफलेट्स आप देख रहे होंगे इसके पत्र के अंदर सात लीफलेट होती हैं जो कि विजय के अंदर पाई जाती हैं और ये जो लीफलेट्स हैं लाल चंदन के अंदर थोड़ी सी यहां से गोल होती हैं जबकि विजय में सात होती हैं और ये पत्र इसका थोड़ा सा गोल नहीं होता है और ट्राइफोलिएट लीव्स लाल चंदन का होता है विजय का ये सात लीफलेट वाला इसका कंपाउंड एम्पेपिनेट लीफ इसके अंदर पाया जाता है इसके पत्र का पेस्ट बनाकर अगर आप अप्लाई करते हैं तो सभी प्रकार की स्किन डिसऑर्डर्स ठीक होते हैं कुष्ठ रोग की समस्या हो वो भी ठीक हो जाता है वाइट पैचेज अगर हो गए हों वो भी ठीक हो जाते हैं साथ ही मुख्य रूप से उपयोग में आने वाला जो इसका बार्क है इसकी हार्डवुड है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के पास छत्तीसगढ़ झारखंड में इसका ग्लास बनाकर दिया जाता है जो नित्य उसमें आप रात को पानी भर दीजिए और सुबह खाली पेट उस पानी को पीना होता है पित्त का समन करते हुए डायबिटीज़ को ठीक करता है साथियों ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मोटे नहीं हैं तो आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकता है पतले व्यक्तियों में अगर डायबिटीज़ हो जाए तो उसके निराकरण के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन अगर है तो वो विजयसार है आप इसकी छाल ले लीजिए छाल को आप पाँच ग्राम टुकड़ा लेकर गुड़ मिल जाए छाल मिल जाए आप इसको पाँच ग्राम एक गिलास में भिगो दीजिए और सुबह सुबह आप उसको पी लीजिए आवश्यकता के अनुसार आप 12 घंटे इसको बिगाइए दिन में दो बार भी आप इसका सेवन कर सकते हैं ये पित्त के समन करते हुए सभी तरह से डायबिटीज़ को ठीक करने का कार्य करती है काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाती है आप इसको देख पा रहे होंगे आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूर जान जाइए ताकि प्रॉपर आइडेंटिफाई होगा तो आप इसको ले पाएंगे विजय की डिमांड बहुत है मार्केट में लेकिन ओरिजिनल ना मिलने के कारण हम किसी भी लकड़ी को विजय नहीं कह सकते तो आप इसकी लकड़ी को अच्छे से देख लीजिए ताकि आप इसको यूज़ कर पाएँ एयर लेयरिंग के माध्यम से इसका प्रोपिगेशन किया जाता है इसके बीज से भी इसका प्रोपेगेशन किया जाता है इस शाखा के माध्यम से आप इसका प्रोपिगेशन कर सकते हैं आसानी से इसका प्रोपगेशन हो जाता है हॉर्मोनल ट्रीटमेंट दे देते हैं तो और भी सहजता से हो जाता है बीज के माध्यम से भी इसका प्रोपगेशन किया जाता है इसके बीज का अगर आप पेस्ट बनाकर लगते हैं लगाते हैं तो सभी प्रकार के जॉइंट पेन की समस्या दूर हो जाती है आर्साइटिस में होने वाली ईचिंग स्वेलिंग रेडनेस उसको ठीक करने का कार्य करता है इसका बीज इसकी छाल मुख्य रूप से आप डिकॉक्शन बनाकर उसमें शहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं या फिर आप शीत क्वात के रूप में भी इसकी छाल का सेवन कर सकते हैं आप बारह घंटे उसको जल में भिगो दीजिए और उसके बाद आप उसका सेवन कर लीजिए भिगोने के लिए आप अच्छा होगा कि आप कांच के ग्लास का उपयोग करें इसके अंदर टेनिन्स पाए जाते हैं जो स्टील या किसी और धातु के बने हुए ग्लास के साथ एकशन कॉज करते हैं इन्फ्लामेशन को ठीक करने का कार्य करता है मित्रों अगर रिंकल्स की समस्या है चेहरे पे रिंकल्स है इसकी पत्थर का पेस्ट आप बनाकर लगा सकते हैं रिंकल्स को ठीक करता है ग्रे हेयर्स की समस्या है बाल सफ़ेद हो गए हैं समय से पहले पक गए हैं तो पत्थर का पेस्ट बनाकर बालों में लगा दीजिए आप देखेंगे कि एक महीने के अंदर ग्रे हेयर्स की समस्या धीरे धीरे दूर होनी स्टार्ट हो जाती है अगर घाव से रक्त का प्रभाव हो रहा है तो पत्र का डिक्शन बनाकर घाव को धो दीजिए रक्त का प्रभाव रुक जाता है किसी कीटनाशक जीव जंतु ने अगर काट लिया है तो इसका काढ़ा बनाकर घाव को धो देना चाहिए आसानी से वो समस्या भी दूर हो जाती है अच्छा ये प्लांट है मुख्य रूप से डायबिटीज़ में अच्छा कार्य करता है हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने का कार्य करता है नेचुरल रूप से ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है साथियों ये डायबिटीज़ के अलावा टीवर को जब डिटॉक्सिफाई कर देता है तो कोलेस्ट्रोल को भी कम करता है बेड कोलेस्ट्रोल को कम करने का कार्य करता है आर्टरीज और वीन्स की समस्या को दूर करता है डाइजस्टिव कंप्लेंट्स को ठीक करता है लेक्सिटिव का भी ये कार्य करता है इसकी बात का डिकॉक्शन आप रह सकते हैं अच्छा ये कार्य करते हुए डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को दूर करते हुए लीवर को डिटॉक्स करने का पेनक्रियाज़ को स्टीमुलेट करने का बीटा सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाने के लिए और इंसुलिन जो बन रहा है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए इसको हम उपयोग में लाते हैं बेड कोलेस्ट्रोल को कम करता है लेकिन का भी ये कार्य करता है फाइल्स की समस्या हो उसको भी धीरे धीरे ठीक कर देता है ओवरऑल मैं कहूँ जनरल बॉडी रेमिडेटर के रूप में आप इसको जान सकते हैं आप इसको अपने एयर लेयरिंग और सीड के माध्यम से आप इसको लगा सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे देश में डायबिटीज़ के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसका समाधान हमारे पास है लेकिन सही विजयसार ना मिलने के कारण हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और मॉडर्न मेडिसिंस के अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं और हमें मॉडर्न मेडिसिन लेनी होती हैं जिनके बाद में लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो ओ को भी कम करने का ये प्लांट कार्य करता है मोटे व्यक्ति हों चाहे पतले हों जिनमें डायबिटीज़ हो गया हो सभी प्रकार के सभी एज वर्ग के लोगों के लिए डायबिटीज़ को दूर करने का ये कार्य करता है वंडरफुल प्लांट है अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जानकारी को शेयर कीजिए कल सुबह साढ़े बजे फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार